लाल कल के सुन ये टोक रंग के सुन चीकी के संग खेलना याद खेला, खेला न गई थी गिल्ली बल्ला आई ऐसे ऐसे हो जागी जागी चल आ तो काए बना आई सो, काए चोनेरी एरस, के बना आई रस के को पटा के रस कैदी बनाई रसो कैदी बनाई सो से देखो, तोड़ो, या के, संगे, के संगे पगरे के संगे केला समे ta nana na hariyan le ta nana तो समापन की ओर जा रहा है क्योंकि पांच बज गए हमें छवा करना अरे गई गई रे चनन के लेकिन कहला है जिधर देखता ना प्रीति आती नजर है जिधर देखता देखताहू प्रीति आती नजर है तेरे प्यार प्यारे अरे शायद मेरी सद का खाया दिल में आया है इसीलिए अब गांव ने जब पगलेत नचे हां तालियां बजाओ पगलेत नचे जा बलदाऊ गोबे अब राती रुकम गया बिल्कुल नहीं बजाओ पगलेत साहब उठो आ ले आओ बोल ही हो ना कुछ नहीं काल जब बंद हो जाना देते नहीं नहीं सही अब नहीं बुलाओ हेलो तालियां तालियां बजाओ बजाओ, एक बार मजा जाओ। को है? तो चढ़ी तो के राजा पापा जी, हम अरे तो जाओ एक बार, जिंदगी में मौका पार नहीं सुनो ए को भी आओ, को भी आओ। सो क्या है जोरदार तालियां बजाओ तालियां बजाओ पगड़े के नाले क्या बात है के को बुलाओ का खुमलाओ बिटिया के पिताजी अरे जिंदगी में बार बार वो काली मिल रहा है एक बार शादी हुई है ये कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगी बन जाएगी इसीलिए कहा है जाओ पकड़े लेकिन हमें लगा के रे नैया हे आओ ए हे आओ रे रहे आओ रहे ले आ हाँ, देखो पगले क्या बात है देखो तुम हाँ जोड़ी देखो तुम लड़का गावेबो और बाप लचवेबा क्या बात है या? पग रेत पसीना वे झिन रहे है रे लनया है आ पग रेत पसीना मतूल कहे रे रे लनया है आ पग रेत पसीना मतूल कहे रे सीना है, hey! है, लेकिन और आज इस मंच के द्वारा मैं एक बात कह के जा रहा हूँ आप लोग बजाएं। आज इस मंच के द्वारा कह रहा हूँ इस माइक के द्वारा हमें क्षमा करना मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ कलाकार नहीं हूँ लेकिन हमारे समादप पिता बेटे लेकिन कह रहा है हेलो हेलो हेलो यार लो लो यार जाने और जैसी मन में हाथी ये जैसी मन में हाथी रे जैसी मन में हाथी हम बजाओ बनाओ आप जैसी मन में हाथी रे जैसी मन में हाथी so हाथी राजा जैसी मन करी राजा हाथीरे हाँ ah. छेठ रुपया हमारे गोराबाई मातेजू गोराबाई मातेजू और फिंकि भैया फिर तरफ से एक छठ रुपये का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन वे जा कह रहे मे दो तक मिलेगा चल जा आज, अपना अपना आशीर्वाद क्या जोड़ी के के के लाने लाने और, और एक बार खोल के। और एक जोड़ी के लाने या जोड़ी आप या भी है एक करवा दे मजा एक करवा दे मजा करवा दे मजा तू चादरी करे हो पदा और कार्यक्रम छह बज चुके हैं सभी तो से हम सम जाएंगे आपने डांस भी कर लिया सप्तलाक कर लिया है लेकिन कहना है अंत न मेरी ओर से कहना है धर्माशाय की अंत में लाए थे उनको क्षमा करना होगा करो माया जसोदा के ये कहीं ते ललना सो हलके से लड़े यह नहीं थे और ये ही से नहीं भड़े यह वहीं थे। ओ वर्जेन स्ट्रेंथ लखन भाई, भाई।, खुशी भाई खुशी का है मौका खुशी, खुशी, खुशी का, है, का है मौका क्या करूं मैं खुशी का है मौका। जयपुर तो मोइटोरी की के गौरा की समन की ले के आवाज है क्या परवास आई है मेरे मेरे सीख सीख लो मेरे लो और अंत में हमारे भैया की परवास है अपनों जा में गिरधारी अपनों जान तुम्हें अपनो गिर धारी अपनों जान तुम्हें गिरधारी दास काऊ से कहने होती संसारी फेरे और हम सभी से क्षमा चाहेंगे आइए आपके बीच में हमारे बाल बाल जी आ रहे हैं इनको भी सुनिएगा आप लोग बैठ जाए एक्साइट हो जाए और हमसे जो कुछ गलतियां वाली है हमारे पापा चाचा हारे हमें सब क्षमा करना आइए आपके बीच में बाल जी कुशवाहा